सिंगरौली में छिहत्तरवां होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया जिसमें शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे इस दौरान होमगार्ड्स के जवानों को कलेक्टर ने सम्मानित किया सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार सिंह ने होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर परेड की सलामी ली आपदा प्रबंधन उपकरण बैठन के शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक पार्षद मौजूद रहे कार्यक्रम के कमांडर प्लाटून प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह की अगुवाई में होमगार्ड प्लाटून ने सलामी दी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा बैंड पार्टी के धुन पर परेड की गई। इस दौरान कलेक्टर अरुण कुमार ने होमगार्ड्स कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का